पुकारे तम केवट पुकाररिया जब चरण धोआईब तब तो देता रुप रे सावरिया जब चरण धुवाई धोआईब तबे तो उतारे सांबरिया मट तुकार रघुीर सावरिया रघुबीर ए सांवरिया जब चरण धोवाई करण सांवरिया जब चरण धोवाई करण केवट कहता कि हे प्रभु आपने कोई दोष नहीं है आपके चरणों की धूनी की दोष है कहता है लौड़ पहुआ हमें जादू बसत है लोग ये ही भेद कहते हैं पहु में जादू बसत है लोग ये ही भेद कहते हैं आपके चरणों में कोई जादू है क्योंकि में पामे छूते पत्थर छूते बन गई पत्थर बिना रे सांवरिया जब चरण दो आईब तबे उठा रो सांवरिया जब चरण धोवाई दो आईब तबे उठाएंगे पर ट पुकारे तम था चट रघुवीर ये सांवरिया चमट पुकारे तम था चट रघुबीर ए सांवरिया जब चरण धोआ सब उतारे सांवरियारण कि तो तो हे प्रभु आप ही सोचिए भला जब नैया नारी बन जाएगी मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब नारी बन जाएगी मेरे बच्चे क्या खाएंगे मैं तो चलू ना ही अवर मैं तो चलू ना ही अवर रोजगार जब चरण धोवाई भी तबे उमठ के बहन को तुलसीदास जी भी अपने कवितावली में लिखे हैं केमठ कहता है कि हे प्रभु यही घाटे तो थोड़ी कदूरी है कटिल जल था है दिखाया हूं दू पर पगधूरी तरे तरनी घर में घर क्या समझा हूं जो अरे रावरे दोष न पायन की पगधूरी की भूरी प्रभाव महा है सुनिक बटके अटपट बहन प्रभु हंसे जानकी गोरे कहा है चेवठ के अटपट बहन सुन के माता जानकी के तरफ देख के भगवान हंसने लगे मैं तो जानू नही अवरो मैं तो जानू नही अवर रोजगार ये सांवरिया जब चरण धोआल कबूतारे सावरिया जब तो चरण धोआइ कबूतारे सावरिया केवट पुकारे समसा चट के समसा पुकार रघुबीर ये सावरिया पारवरिया जब तरण दो वायु उतारम उतार पारवरिया